भाई सर हम सब दुनिया भर की नॉलेज जानना चाहते हैं लेकिन आज यार दुनिया को छोड़ो दुनिया गई तेल लेने भाई आज बात करेंगे कि हम खुद के बारे में हमारी खुद की बॉडी के बारे में हम सब कितना कुछ जानते हैं इस वीडियो में यार ऐसी ही बात होगी बॉडी के कुछ जैसे मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में मैं आप सबको बताऊँगा जो आप सबको नहीं पता होंगे तो यार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो और पसंद आए ना भाई लाइक ज़रूर ठोको वीडियो को हम सब अपने जीवन काल के दौरान यार दो स्विमिंग पूल जितनी ना लार बना देते हैं लार वही लार की यार मैं बात कर रहा हूँ जो भोजन को पचाने और स्वादिष्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है वही लार जो कोई भी स्वादिष्ट चीज देख हमारे मुँह में पानी आ जाता है उसी लार के मैं बात कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा लार अपने पूरे जीवन में हम बना देते हैं जिससे पूरे दो स्विमिंग पूल बन सकते हैं भाई हम सब शाम के मुकाबले में सुबह को एक सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे होते हैं अब ये कैसे है ये यार मुझे नहीं पता लेकिन ये साइंस की तरफ से प्रूव्ड है साइंस ने ऐसा कहा है कि सुबह अगर हम अपने आप को देखेंगे ना तो शाम से एक सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई होगी हमारी पूरी दुनिया में मानवीय इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो भावुक होने के बाद फूट फूट कर रोते हैं वैसे तो हम सब चाहते कि हमारी स्किन बिल्कुल गोरी हो बिल्कुल गोरे दिखे हम काला दिखना कोई भी नहीं चाहता लेकिन आप लोगों को बता दूँ काले रंग के लोगों को गोरे रंग के लोगों से ना दिल का दौरा बहुत कम पड़ता है और ये साइंस की तरफ से प्रूव्ड है अगर भाई किसी इंसान के फेफड़े की सतह को तो फैला दिया जाए ना तो उसका क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट के जितना होता है सुबह तीन से चार बजे के बीच हमारा यार शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर होता है यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों की नींद में मृत्यु इसे समय होती है सुबह तीन से चार बजे के बीच जब कोई इंसान पैदा होता है तो यार उसके शरीर में दो सौ छ नहीं बल्कि 300 हड्डियां यार 300 हड्डियां होती है जब हम पैदा होते हैं लेकिन 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारे शरीर की हड्डियों की संख्या दो हो जाती है क्योंकि वो सारी हड्डियाँ फिर ग्रो होके जुड़ने लगती है और जब हम पूरा ग्रो हो जाते हैं तब हमारी हड्डियां दो शेर रह जाती हैं ऐसे तो भाई सब कहते हैं कि बिना खाने के कोई व्यक्ति ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता लेकिन बिना सोए ना, बिना सोए कोई भी व्यक्ति सिर्फ 11 दिन तक ही ज़िंदा रह सकता है लेकिन बिना खाए कोई भी व्यक्ति एक से दो मंथ तक या इससे ज़्यादा समय भी जिंदा रह सकता है तो ये बात साबित करती है कि खाने से ज़्यादा सोना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में मौजूद धूल और मिट्टी के ज़्यादातर कन्ना यार हमारे ही डेड स्किन से बने होते हैं हर मनुष्य अपनी तैतीस परसेंट जिंदगी यार सिर्फ और सिर्फ सोते हुए भाई आँखों को बंद करते हुए ही बिता देता है अगला यार जो पॉइंट है वो लवर्स के लिए तो भाई बिल्कुल स्वर्ग ही है यार साइंटिस्ट का कहना है कि, कि किसी को किस करने से ना ज़्यादा जम्स नहीं फैलते और ज़्यादा कीटाणु फैलते हैं किसी के साथ हाथ मिलाने से तो ये तो लड़कों के लिए तो कमाल की बात है कि अगर किसी के साथ किस करेंगे ना तो कीटाणु कम फैलेंगे और हाथ मिलाने पर ज़्यादा कीटाणु फैलेंगे ये भाई मैं नहीं कह रहा ये साइंटिस्ट का कहना है तो लवर बॉय तो मज़े लो यार पूरे विश्व की सात अरब आबादी में से सिर्फ और सिर्फ भाई सिर्फ और सिर्फ चार लोग ही ऐसे हैं जो कि एक साल से ज़्यादा की उम्र के हैं किसी भी इंसान के लिए सीखते समय अपनी आंखों को खुली रखना ना यार बिल्कुल नामुमकिन काम है अगर यकीन नहीं आ रहा है तो भाई एक बार ट्राई करके देख लो घाई एक एवरेज मनुष्य के लिए यार अपने मुँह को अपनी कुहनी तक लेकर जाना असंभव काम है और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता अगर मुझे कभी कहे ना कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है कोई भी काम नामुमकिन नहीं है तो मैं यही कहूँगा भाई अपनी कुनी को ना अपने मुंह से चाट कर दिखाओ ये काम करके दिखा दो क्योंकि ये काम भाई असंभव ही है तुम लोगों को भी यार अगर यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई कर लो यार एक बार तुम भी ट्राई कर सकते हो और कमेंट में बताना ट्राई कैसी रही हमारे शरीर की यार सबसे ताकतवर मांसपेशी हमारी जीभ है जिसकी मदद से हम बोल पा रहे हैं और जिसकी मदद से मैं अभी बोल कर वीडियो बना रहा हूँ तो चलो गाइड यार यही थी आज की वीडियो वीडियो पसंद है या ना तो भाई अपने शरीर का इस्तेमाल करो अंगूठा लगाओ अंगूठा लगा के चिपकाओ और लाइक बटन पे भी चिपकाओ और सब्सक्राइब बटन पे भी चिपकाओ ताकि लाइक भी बच जाए और सब्सक्राइब भी एक पड़ जाए और शेयर भाई शेयर क्यों नहीं करते वीडियो को खुद देख लेते हैं और लोगों का क्या होगा यार बाकियों तक भी वीडियो पहुंचाओ वीडियो को शेयर भी करो लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो जिंदगी में भाई मज़े लेते रहो मैं मिलता हूँ यार अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय यार